मजा आवे खजूर फिरन मजा आ मरण तू मैं नहीं डर ये मौत के दिन ते ओनी, पर खबर हकी दे मरणाता मदा गली आदी ने तुर दाता दा ए सीना मिमर ना लादा सब बद दिछा असा मुद तक धरण ठरण दाता इस वास कहना चाहना दुआ हर साल है मेरी के मैं मौलाद घर जावा सफा मरवाते दौड़ा मैं मां जी हा जिरा वांगू निहायत बेकरारी नल ए दर जाव दर जावा उठावा कंकर मुलदल फा तू ते मारा जा शैतानू यत इबरा मैं इस नूरा कर